हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल इन कुकिंग विथ रेखा पहाड़िया आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही पॉपुलर पालक पनीर की ये शानदार रेसिपी तो आइए अब बिना कोई देर किए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं पालक पनीर बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक तपेली में दो बड़ी ग्लास पानी गर्म होने के लिए रख दिया है पानी अच्छे से बॉयल हो चुका है यहाँ पर मैंने पालक को भी अच्छे से साफ़ कर लिया है दो तीन बार पानी से अच्छे से धो लिया है अब इस उबलते हुए पानी के अंदर हम डाल देंगे इस पालक को हमें इस टाइम पर गैस का फ्लेम हाई ही रखना है हाई फ्लेम पर हमें पालक को पाँच मिनट के लिए बॉईल होने देना है मैंने यहां पर आधा किलो पालक लिया है एक बार हम पालक को अच्छे से मिक्स कर लेंगे दो मिनट बाद आप देखेंगे कि हमारा पालक जो है थोड़ा सा निकले लग जाएगा गल जाएगा ये देखिए ये इस तरह से थोड़ा सा गल गया है नीचे बैठ गया है अब हम इसका ढक्कन लगाकर इसे दो चार मिनट के लिए हाई फ्लेम पर बॉयल होने देंगे ये देखिए चार पाँच मिनट बाद आप देखेंगे कि हमारा पालक जो है वो अच्छे से बॉयल हो चुका है बस अब हम गैस बंद कर देंगे और पालक को नीचे उतार लेंगे ये देखिए हमें पालक के ऊपर ठंडा पानी बिल्कुल डालने की ज़रूरत नहीं है हम इसी गर्म गर्म पालक को इस तरह का मैंने इस्टैनर लिया है स्टील का इसके अंदर डाल देंगे इससे कि हमारा पानी सेपरेट हो जाएगा और पालक भी सेपरेट हो जाएगा मैंने इसके नीचे एक बर्तन रखा है हम पालक के इस पानी को बिल्कुल भी नहीं फेंकेंगे इसी पानी से हम पालक पनीर की सब्जी बनाएंगे क्योंकि सारा मिनरल्स इस पानी के अंदर ही रह जाता है जब तक हमारा पालक बॉईल हो रहा था तब तक मैंने बाकी की तैयारी कर ली थी मैंने यहाँ पर दो मीडियम साइज की प्याज ली है एक इंच अदरक का टुकड़ा लिया है 10-15 लसुन की कलिया और दो लाल कलर के टमाटर और साबुत मसालों में मैंने यहाँ पर लिया है एक तेज का पत्ता एक चम्मच जीरा एक दालचीनी का टुकड़ा और दो साबुत लाल मिर्च अब फिलहाल अभी हम इसे साइड में रख देंगे यहाँ पर मैंने लिया है एक बड़ी सी पारात एक चकला जिसके ऊपर हम रोटी बनाते हैं और एक बेलन जहाँ तक हो सके आप चकला लकड़ी का ले इससे कि आपका पालक जो है वो स्लिप नहीं होगा आसानी से पालक को हम पीस पाएंगे हमें यहाँ पर मिक्सर का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है मैं आपको बिल्कुल देसी तरीका बता रही हूँ पालक पनीर बनाने का क्योंकि अगर आप इस टाइम पर मिक्सर का यूज़ करते हैं पालक को पीसने के लिए ग्राइंड करने के लिए तो इससे होगा ये कि आपके पालक पनीर का टेस्ट उतना अच्छा नहीं आएगा जितना कि इस तरह से बाँटने से बेलने से आएगा हालाँकि इसमें टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा मिक्सर की तुलना में लेकिन मुश्किल से चार से पाँच मिनट ही ज़्यादा लगेंगे इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा बहुत ही आसानी से हमारा पालक जो है वो बढ़ जाएगा पीसा जाएगा क्योंकि हमने यहाँ पर पालक गर्म ही रखा है ठंडा पानी इसके ऊपर नहीं डाला है इसलिए प्लीज़ आप इस तरह से ज़रूर ट्राई कीजिएगा आपको बहुत पसंद आएगी और आपका पालक पनीर बहुत ही टेस्टी लगेगा ये देखिए मैंने यहाँ पर पालक को अच्छे से पीस लिया है अब मैंने यहाँ पर एक मिक्सर जार लिया है इसके अंदर अब हम डाल देंगे ये लहसुन अदरक और ये प्याज इसका अब हम एक बारीक पेस्ट बना लेंगे ये देखिए मैंने इसको बारिक पीस लिया है थोड़ा दरदरा होगा तो भी चलेगा यहाँ पर मैंने लगभग 200 ग्राम पनीर लिया है ये होममेड पनीर है आप देख सकते हैं हमारा पनीर कितना सॉफ्ट है कितना स्पॉन्जी है अब मैंने यहाँ पर गैस पर एक कढ़ाई गर्म होने के लिए रख दी है इसके अंदर मैंने डेढ़ बड़ा चम्मच ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है हम ऑयल को अच्छे से गर्म होने देंगे उसके बाद हम इसके अंदर सारे साबुत मसाले डाल देंगे और इनको थोड़ा सा सोते होने देंगे उसके बाद हम इसके अंदर डाल देंगे लहसुन प्याज और अदरक का पेस्ट अब इसे भी हमें अच्छे से फ्राई करना है और इस टाइम पर हमें गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर देना है क्योंकि अभी हमें टमाटर की प्योरी बनाना बाकी है आप चाहें तो पालक पनीर में और भी साबुत मसाले ऐड कर सकते हैं लेकिन फिर पालक पनीर और मटर पनीर में फ़र्क ही क्या रह जाएगा अब इसी मिक्सर जार के अंदर हम टमाटर की प्यूरी भी बना लेंगे जब तक कि हमारे लहसुन और प्याज पक रहे हैं ये देखिए हमारे लहसुन और प्याज अब पक चुके हैं तब तक हमने टमाटर की प्योरी भी रेडी कर ली थी अब हम सारी टमाटर की प्योरी को इसके अंदर डाल देंगे और इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसका ढक्कन लगाकर इसे दो से तीन मिनट तक पकने देंगे दो से तीन मिनट बाद आप देखेंगे कि हमारे टमाटर भी अच्छे से पक चुके हैं ऑयल सेपरेट हो चुका है अब हम इसके अंदर डाल देंगे सारे सूखे मसाले एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर एक तिहाई चम्मच हल्दी पाउडर एक चम्मच सूखा धनिया पाउडर अब हम इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे अभी हमने सारे मसाले नहीं डाले हैं थोड़ा बाद में डालेंगे अब हम इसी मिक्सर जार के अंदर थोड़ा सा ये पालक का पानी डालेंगे मैंने इस पालक के पानी को ग्लास में छान लिया है अब हम थोड़ा सा पानी इस मिक्सर जार के अंदर डालेंगे और इस तरह से हिला के इस मसाले के अंदर डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि हमारे मसाले जो है वो अच्छे से पक जाए इसी पालक के पानी से हमारा पूरा पालक पनीर बनकर रेडी हो जाएगा इसके अलावा हमें एक्स्ट्रा पानी की ज़रूरत नहीं लगेगी ये देखिए ढक्कन लगाकर हमने इसे दो से तीन मिनट पका लिया है आप देख सकते हैं हमारा ऑयल जो है वो सरफेस पर आ चुका है मीन्स हमारा मसाला अच्छे से पक चुका है अब हम इसके अंदर डाल देंगे ये पालक जो हमने अच्छे से बाट रखा हुआ था अब हम पालक को मसाले के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे ये देखिए मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है अब हम इसके अंदर डालेंगे ये दो ग्लास पालक का पानी हमने इसे अच्छे से छान कर रख लिया था अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे उसके बाद इसका ढक्कन लगाकर इसे पाँच मिनट के लिए बॉईल करेंगे मीडियम फ्लेम पर इसके अलावा में एक्स्ट्रा पानी की कोई ज़रूरत नहीं है वही पालक का पानी इस पालक पनीर के लिए इनफ है पाँच मिनट बाद हम इसके अंदर डाल देंगे ये एक चम्मच नमक आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर आप चाहे तो यहाँ पर काली मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं लेकिन मैंने यहाँ पर नहीं डाला है अब हम इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे ये दो चम्मच फ्रेश दूध की मलाई जो हम दूध गर्म करते हैं उसके ऊपर जो मलाई आ जाती वही मारी मलाई है इसे अच्छे से फेंट कर उसके बाद आपको पालक के अंदर डालना है ये दो बड़ी चम्मच ली थी मैंने आप चाहे तो यहाँ पर रेडीमेड कुकिंग क्रीम का भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन मैं सारी चीज़ें घर के ही यूज़ करती हूँ अब हम इसका ढक्कन लगाकर इसे दो से तीन मिनट वापस मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे दो से तीन मिनट बाद आप देखेंगे कि हमारा पालक पहले से थोड़ा और गाढ़ा हो गया है अब हम इसके अंदर डाल देंगे पनीर आप चाहें तो यहाँ पर पनीर को फ्राई करके भी डाल सकते हैं लेकिन मैं हमेशा पालक पनीर के अंदर कच्चा पनीर ही यूज़ करती हूँ पालक के साथ इसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसका बाकी आपकी चॉइस है पनीर डालने के बाद हम इसका ढक्कन लगाकर इसे दो से चार मिनट के लिए हाई फ्लेम पर पकाएंगे इससे कि हमारा पनीर जो है वो फूल जाएगा चार पाँच मिनट बाद आप देखेंगे कि हमारा पनीर अच्छे से फूल चुका है और पहले से काफ़ी गाढ़ा भी हो गया है अब हम इसके अंदर डाल देंगे ये बारीक कटा हुआ ताज़ा हरा धनिया और गैस बंद कर देंगे और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे हमारा पालक पनीर बनकर बिल्कुल रेडी है अब हम इसे थोड़ा सा गार्निश कर देंगे पनीर से मैंने यहाँ पर एक पनीर का क्यूब बचा कर रखा था गार्निशिंग के लिए ये बिल्कुल ऑप्शनल है अब हमारा पालक पनीर सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है आप देख सकते हैं हमारे पालक पनीर का कलर कितना प्यारा आया है हमने यहाँ पर ना ही तो मिक्सर का यूज़ किया है पालक को पीसने के लिए ना ही पालक के ऊपर ठंडा पानी डाला था फिर भी हमारे पालक का कलर बहुत ही अच्छा आया है क्योंकि हमने यहाँ पर इसे हाथ से पीसा था बेलन चकले पर इसलिए और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है मिक्सर की तुलना में प्लीज़ आप मेरी इस पालक पनीर की रेसिपी को ज़रूर ज़रूर ट्राई कीजिएगा आई होप आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी और ट्राई करने के बाद मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ आप मेरे इस रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा मैं आप लोगों के लिए इसी तरह की देसी रेसिपीज़ लाती रहूँगी बहुत जल्द मिलती है आपसे अगली रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाय थैंक यू